अगर आपके पास आपका खुद का व्हीकल है और उसका कोई इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट जैसे कि आरसी वगैरह की एक्सपायरी डेट आने वाली है या फिर वो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की तरफ से आपके लिए एक राहत की खबर है वो ये है कि अगर आपके वाहन का कोई भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट एक फरवरी दो को एक्सपायर हुआ है या फिर अभी एक्सपायर होने वाला है तो उसकी वैलिडिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तीस सितम्बर दो तक बढ़ा दी है इसका मतलब आपको तीस सितंबर दो तक उसे रिन्यू करवाने की जरूरत नहीं है हाँ उसके बाद आपको इसे रिव्यू करवाना पड़ेगा कोरोना के चलते सरकार ने यह डिसीजन लिया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए ट्रांसपोर्टेशन सेवाएं जारी रहें। गाइस ऐसी इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक मिलता है वीडियो में